हेलो दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारा देश इंडिया कोरोना महामारी से लड़ रहा है लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के भी कुछ केस सामने आए अब एक नया फंगस येलो फंगस जिसका वैज्ञानिक नाम म्यूकर स्पेक्टिक्स है इसका केस गाजियाबाद में सामने आ रहा है ई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बी त्यागी ने एक कोरोना मरीज में इसकी पुष्टि की है उन्होंने बताया ये जो फंगस है अब तक रेप्टाइल्स छिपकली क्रिकेट में पाया जाता था अब ह्यूमंस में यह पहली बार देखने को मिल रहा है इसके आई जानते इसके कुछ लक्षण हैं नाक का बंद हो जाना शरीर में अंगों का सुन्न होना शरीर में टूटन होना और दर्द होना शरीर में अत्यधिक कमजोरी होना हार्ट रेट का बढ़ जाना घाव में मवाद बहना शरीर का कुपोष हिस्सा दिखना इससे बचने के लिए हमें कुछ बचाव भी करने चाहिए घर के आसपास साफ़ सफ़ाई रखें कोरोना पेशेंट की साफ़ सफाई का ध्यान रखें स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो